हेलो दोस्तों वेलकम टू टू ब्रयागराज यूट्यूब चैनल पर मैं रोहित आपसे बात करता हूँ आज का जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव टाइप इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन के वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ठीक है तो ये क्वेश्चंस है उसको आप लोग नोट कर लीजिए उससे बन रहे जो क्वेश्चन है वो भी मैं बताते चलूंगा जैसे कि उसमें आइडीस बताया था ठीक तो ये फर्स्ट पार्ट है इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन के ऑब्जेक्टिव टाइप का इंपॉर्टेंट जो कि हो सकता है या कई बार आए हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे पढ़ेंगे और समझेंगे ठीक तो बिना कोई देर के पहले इसको शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अगर तो ठीक तो चलिए आप लोग आप लोगों को थो थोड़ा देर सबसे मैं इसको ऑन करता हूं तब तक आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा चलो तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये हमारे HTML से एसटीमल का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका यूज हम लोग वेब पेज को बनाने में इसका यूज करते हैं तो उसी में से एक टैग है क्योंकि ये टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है एसटीमल किसी भी शब्द को लिखने के लिए या किसी भी चीज को लिखने के हेडिंग्स टाइटल सब कलर उसके लिए हम, हम लोग टैग का यूज करते हैं तो के लिए उपयुक्त ट टैग है करेक्ट एस्टीमेट टैग फॉर लार्जेस्टिंग तो बड़ी बनाने के लिए कौन सा से सा टैगे एच जो है कितने तो होते हैं से तक ठीक है तो इसमें जो आंसर है, है वो गलत है एच सिक्स है. है, है, है वो गलत है एच सिक्स सबसे छोटा होता है है वो गलत है एच वन सही होता है जो हेडिंग टैग होते हैं एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स होते हैं उसमें सबसे तो जो लार्जेस्ट होता है वो H1 होता है तो 1.1 का क्या होगा H1 होगा 1.1 का जो होता है वो H1 होगा ठीक दूसरा नेक्स्ट एक वेब पेज ये भी उसी में का है एस्टिमल से है एक वेब पेज एक चित्र प्रदर्शित करता है a उस चित्र को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा टैग प्रयोग किया गया वेब पेज डिस्प्ले डिस्प्ले पिक्चर पिक्चर व्हाट टैग दैट किसी भी इमेज को अपने वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए किस टैग का यूज करोगे पिक्चर गलत इमेज गलत img सही src गलत जो टैग होता है वो img एम जी मतलब सोर्स कहाँ से ला रहे हो वो एस बताता है लेकिन टैग जो यूज होता है वो आई टैग होता है उसका तो जो आंसर होगा वो वन पॉइंट टू का जो होगा वो आई एम जी टैग हो गया ठीक आगला आपके वेब पेज पर यह भी इस्तेमाल का है आपके वेब पेज पर कौन सा टैग एक लाइन को समस्तर में शामिल करता है इंग्लिश में हिंदी थोड़ा टफ होती है तो विच टैग इंसर्ट अर्जेंटली ऑन योर वेब पेज अगर आपको अपने वेब पेज में सीधी लाइन खींचनी है तो कौन सा टैग यूज करोगे तो एच आर यही सही है लाइन टैग है।, है वही हॉरिजेंटल लाइन के लिए यूज किया जाता है तो 1.3 का क्या होगा एच आर सही होगा नेक्स्ट रिमोट लॉग द्वारा निम्नलिखित में से नेटवर्क का है प्रोटोकॉल प्रयोग किया गया जाता है विच ऑफ दोटोकॉल इज यूज बाई रिमोट लॉगिंग ठीक है जो टीम और ये सब होता है जहाँ पे आप यहाँ से बैठे बैठे दूसरे कंप्यूटर एक्सेस कर लेते हो तो इसके लिए प्रोटोकॉल होता है एक रूल होता है प्रोटोकॉल क्या बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स से बोलते हैं उसमें जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो टेलनेट होता है टेलनेट इज द राइट आंसर डेट यूज फॉर रिमोट लॉगिंग एफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये गलत है ये फाइलों का ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है एस सिंपल टी ट्रांसफर प्रोटोकॉल जब किसी को आप ईमेल भेजते हो वहां यूज किया जाता है एन ये भी प्रोटोकॉल है लेकिन ये भी नहीं होगा इसमें जो आंसर होगा टेलनेट होगा वन तो पॉइंट फोर का सी टेलनेट अगला HTML दस्तावेज सृजित करने के लिए HTML HTML का क्वेश्चन है। दस्तावेज सृजित करने के लिए आपको डैश आवश्यकता होगी टू क्रिएट HTML टी एम एल डॉक्यूमेंट यू रिक्वायर वेब पेजिटिट करने वाला सॉफ्टवेयर वेब पेजिटरिंग सॉफ्टवेयर हाई पावर्ड यानी उच्च पावर वाले कंप्यूटर जस्ट अ नोटपैड कैन बी यूज मात्र एक नोट की प्रयोग किया जा सकता है नॉन ऑफ दिस कोडिंग किया होगा इंस्टूर में आज पढ़ रहे हो या आपने बुक देखा होगा तो वहाँ पे आपको दिखाया होगा स्क्रीनशॉट के माध्यम से या आपने खुद किया होगा नोट पैड पर हम लोग कोडिंग करते हैं तो वेब पेज की डिजाइन करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती बाकी सॉफ्टवेयर आते हैं लेकिन आपके पास सिंपल एक नोट है तो वहाँ पे भी आप वेब पेज की कोडिंग या एस्टीमल का कोड लिख सकते हैं और ब्राउजर पे आसानी से रन करा सकते हैं तो यहाँ पे जो वन पॉइंट 4 है तो यहाँ वन लेकिन 1.5 मैं लिखूंगा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा नोट पैड ऑनली व्हाट इज स्पाइडर यहां पर स्पाइडर मकड़ी संबंधित नहीं है यहाँ कोई बायोलॉजी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है स्पाइडर मतलब मैंने इसमें हमारे यहाँ सर ने बताया होगा ये हमारे नोट मोड, हमारे नोट्स पे तो हाँ है ही है स्पाइडर जो है ये एक सर्च इंजन का पार्ट है अभी कैसे बताते हैं पहले इसका आंसर जानते था वार्टी चीज पार्टर है कंप्यूटर वायरस सब लोग वायरस लगा देंगे लेकिन गलत होगा प्रोग्राम डेट कैटलॉग कैटलॉग्स वेबसाइट ये सही होगा हेकर ओपरेट इंटू कंप्यूटर सिस्टम गलत होगा एंड अपलिकेशन फॉर बींग वेब पेज गलत होगा अपलिकेशन फॉर बीग वेब पेज वो तो वेब ब्राउजर होगा वायरस है नहीं ए प्रोग्राम डेट कैटलॉग वेबसाइट ठीक है तो जो स्पाइडर है ये सर्च इंजन में एक बोट नाम का सॉफ्टवेयर होता है रोबोट या बोट बोलते हैं उस बोट को स्पाइडर भी बोला जाता है यानी एक एक, एक, एक, एक नाम है जो कि एक स्पाइडर uh, बोट uh, नाम के सॉफ्टवेयर को बोला जाता है जो कि सर्च इंजन में यूज किया जाता है ठीक और इसका काम क्या होता है जितनी वेबसाइट है उसमें से जो आप किसकी काम की चीज उसको कैटलॉग करते हैं ठीक जैसे आप लोग गूगल में लिखते हो एसएससी एस एसएससी से कितनी लाखों साइटें आती हैं लेकिन जिस जिस साइट पर एसएससी लिखा होता है केवल उन्हीं उन्हें आता है ठीक है ना उसी बी एस की नहीं ले आता वो किसी और यूपी बोर्ड की नहीं ले आता जैसे एसएससी एस सी रिलेटेड मैटर ही आपके सामने आता है तो वो क्या करता है स्पाइटर क्रॉल करता है क्योंकि इंटरनेट तो होता है वो इंफॉर्मेशन का जाल होता है तो आपके लाइफ की जो इंफॉर्मेशन होती है वो जल्दी स्क्रॉल करता चलता है और उठा उठा के ले आता जाल में से निकाल निकाल ले आता तो सॉफ्टवेयर जो जाल में चलता है उसको बोट या स्पाइडर भी बोला जाता है इसीलिए यहाँ जो आंसर होगा 1.5 1.6 का वो होगा बी कैटलॉग वेबसाइट ठीक और मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन गूगल मेल ये सब क्या है सर्च इंजन है तो मोस्ट पॉपुलर गूगल है एस टी टी पी एस इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज गलत स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट होती है ठीक ब्राउजर गलत ब्राउजर तो सॉफ्टवेयर होता है सिक्योर कनेक्शन सही है एस टी टी पी एस देखते हो किसी भी वेबसाइट के आगे एस टी टी पी या कहीं कहीं एस टी टी पी एस दिखता है तो ये एस टी टी पी एस जो होता है वो सिक्योर कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है जैसे आप बैंक की कोई साइट खोलते हो इंश्योरेंस की कोई साइट खोलते हो या गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट खोलते हो तो सबसे पहले एस दो बार स्लैश कूलन डब्ल्यू मतलब कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा साइट पे गए हैं और तो कोई भी ट्रांजेक्शन कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो क्या होता है एकदम तो सिक्योर होता है यानी जब भी आप कुछ भेजते हो बैंक में तो नेटवर्क के माध्यम से बैंक को जाता है लेकिन जब जा रहा होता है तो उसकी क्या होती कोडिंग हो जाती है यानी बीस से कोई उसको हैक करता है तो क्या हो वो आपकी चीजें पढ़ न पाए समझ न पाए जब भी कोई ट्रांजैक्शनल वेबसाइट होती है जब भी आप पैसा जब पेमेंट करते हो ऑनलाइन तो ऊपर जब भी देखोगे बैंक के नेम के आगे या बैंक की वेबसाइट के आगे एस लग जाएगा यानी आपका और बैंक के बीच जो कनेक्शन है वो सिक्योर है ठीक तो एस जो सिक्योर कनेक्शन तो वन का जो होगा वो क्या होगा सिक्योर कनेक्शन अगला आई पी वर्जन सिक दो तरह के आईपी आईपी का फुलफॉर्म पहले इंट, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसका यूज हम लोग एड्रेसिंग के लिए करते हैं नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनकी पहचान उनके आईपी एड्रेस से होती है जो टीसीपी और के साथ होती है टीसीपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ठीक है टी सी पी टीसी में चार लेयर होते हैं ये नोट कर लेना और आई एसओसआई में सेवन लेयर होते हैं ये नोट कर लेना अब यहाँ पे आईपी वर्जन सिक्स की जो साइज होती है वो ट्वेंटी एट बिट होती है तो अगला ची? जो चीज बोला है उसको हाउ कैन यूपन जब आप वेब पेज पेज को बनाते हैं, उसमें किसी दूसरे का लिंक दे रहे हो, जो उस लिंक पे क्लिक करो तो जो साइट है दूसरी वाली वो उसी पेज पे खुल जाए कि अलग टैब पे खुले तो उसके लिए कौन सा कोड होगा वो पूछ रहा है टैब होगा कौन सा वो होगा कोड होगा ट्राइफुल तो टू न्यू विंडो गलत होगा ट्राइफुल तो टू न्यू टाइल टारगेट इज टू न्यू यही सही होगा ट्राइज टू ब्लैंक गलत होगा ट्राइल टू न्यू गलत होगा यहाँ पे टारगेट सही होगा तो 1.9 पॉइंट नाइन का टारगेट इज न्यू यानी नए टाइप पे जाके वो लिंक ओपन होगा यानी आपकी जो साइट है उस पे नहीं ओपन हो जाएगा वो बंद बोर्ड में देखते हो, क्लिक करते हो तो वो हट जाता है नई वो लिखी जाती है क्योंकि वहाँ ट्राइल टू वेबसाइट का नाम लिखा होता है Which protocol encrypt data between the server and browser? बहुत सरल है है है मैंने बताया था server और encrypt, decode, coding, coding हो के बीच बीच जाता है, ताकि में कोई भी अगर इस, इस, इस करता है या चोरी करने का काम करता है तो उसको समझ नहीं आएगी तो वो कैसे होता है वो एस से होता है तो 1.10 का एस टी टीपीएस ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर टाइप ट्रांसफर प्रोटोकॉलोडिंग डेटा वेब सर्वर यानी बैंक का सर्वर मान लो हो गया और तुम्हारा ब्राउजर तो बीच में जो डेटा आएगा जाएगा वो इंक्रिप्ट होकर आएगा जाएगा तो किससे होता है एस टी होता है ठीक अगला एयरपार्ट इट स्टैंड फॉर ठीक है सब ये पहले समझ लो एरपानेट है क्या है? पहले जब इंटरनेट जब शुरू बना चार कंप्यूटर आपस में जोड़ा गया यहाँ पे अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा चार कंप्यूटर अलग अलग कार्यालयों के द्वारा जोड़ा गया और फिर तो डेटा शेयर किया गया तो उस छोटे से नेटवर्क का नाम क्या रखा गया एरपानेट रखा गया ठीक तो एयरपानेट का फुलफाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क एडवांस्ड रिस प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ नेटवर्क अगला राउटर किस लेर पर राउटर किस लेयर पर परिचालन करते हैं यानी राउटर का जो काम होता है वो किस लेयर पे होता है तो इसका जो आंसर होगा नेटवर्क लेयर होगा ठीक है तो 1.3 का नेटवर्क वन पॉइंट यहाँ होगा नेटवर्क ठीक है अगला HTML में A टैग का प्रयोग डैश सृजन के लिए जाता है ए टैग स्टीमर इज यूज फॉर क्रिएटिंग ए टैग को एंकल टैग बोलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है और इसका यूज हम लोग लिंक बनाने के लिए करते हैं क्योंकि जो वेबसाइट होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है हर एक वेब पेज दूसरे वेब पेज से लिंक होता है तो लिंक करने के लिए हम लोग ए टैग यानी एंकल टैग का यूज करते हैं इसमें जो आंसर होगा वन पॉइंट थर्टीन का वो होगा आपका अच्छा क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं एस्टिमल में जो मैंने बोला वो भी सही है एस्टिमल में अगर आपको लिंक क्रिएट करना हो तो आप लोग एंकर टैग का यूज करते हैं सॉरी हाँ सही तो है 1.5 का ठीक सब सही था ऑप्शन में जो होगा वो एंकर टैग टाइम लिंक होगा किसके लिए करते हैं लिंक बनाने के लिए तो इसमें जो आंसर होगा बी लिंक ठीक ठीक बाकी सब सही था वो खाली थोड़ा देखने प्रॉब्लम हो गई एफ डीडीआई द्वारा किस का FDDI? FDDI, किस का का का प्रयोग किया किया जाता जाता है? है? है में में किस टोपोलॉजी यूज बहुत वो वो पहले इसका जान लो 1.6 जो होगा वो, क्या होगा होगा क्या में किया जाता है ठीक है एफ का जो यूज होता है अधिकतर में किया जाता है। next, कौन सा में क्लाइंट से कनेक्ट करने के लिए आई पी एड्रेस असाइन करता है विच प्रोटोकॉल असाइन आई पी एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन टू द इंटरनेट ठीक है तो इसमें जो प्रोटोकॉल है वो है डी ठीक है टी ट्रांसफर करता है टेलनेट रिमोट लॉग का काम आता है आईपी एड्रेसिंग का काम आता है बच्चा डीएससीपी तो ये प्रोटोकॉल क्या यूज करता है क्लाइंट को इंटर करने के लिए यूज किया जाता है तो वन पॉइंट यहाँ फोर है तो अगला वन पॉइंट यहाँ वन फाइव है इसके हिसाब से आंसर होगा डी एच सी पी ठीक चलो अगला अगला क्या यहाँ पे समाप्त होता है तो टोटल हम लोगों ने कितना क्वेश्चन देखा बारह तेरह चौदह पंद्रह टोटल हम लोगों ने पंद्रह क्वेश्चन ऐसे देखे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं अगर पीछे की बात की जाए मतलब जो एग्जाम अभी नहीं हुआ इससे पहले जो एग्जाम देखा जाए तो ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं ऐसे मिलते जुलते भी क्वेश्चन कई बार आए हुए ठीक तो इसको आप जो एक बार देख लीजिएगा नोट कर लीजिएगा कुछ सुनना इससे बंद जो क्वेश्चन उसको देख लीजिएगा जो मैंने बोला उसको नोट कर लीजिएगा ठीक है ताकि आपको जो एग्जाम हो वो थोड़ा जो 40 नंबर है उसमें आप 20 नंबर कर पाए क्योंकि तो भले बहुत आपको आता हो लेकिन 40 में 20 नहीं सही होगा तो साठ वाली कॉपी चेक नहीं होगी ये ध्यान रखिएगा ठीक है।, है और ये और बेस्ट होता है तो सही से तो सर्कल काला करिएगा वाइटनर का ये सब का यूज मत करिएगा नहीं तो क्या होगा आपकी जो साठ वाली कॉपी होगी वो चेक नहीं होगी फिर तो आपको नेक्स्ट सेशन के लिए मतलब नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसमें इंतजार करना होगा ठीक तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच प्लीज़ इसको अधिक से लाइक की सब्सक्राइब किए शेयर कीजिए और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा तब तक के लिए थैंक यू सो मच